ओम महालक्ष्म विमहे विष्णुपत्नी चा धीम ही तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात दर्शकों जय महालक्ष्मी वार की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को शाश्वत प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक 4 अक्टूबर का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा की राशि पर आधारित है राशि पर आधारित है देशे ग्रा गृह युद्ध सेवायाँ व्यवहार के नाम राशि प्रधानमंत्री जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जब भी आप राशिफल देखिए मांगलिक कार्य करिए तो चंद्र राशि की ही यहाँ पर प्रधानता देखिए आज का पंचांग क्या कहता है क्योंकि पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है और पाँच अंगों से मिल करके पंचांग बना हुआ होता है ये पाँच अंग है तिथिवार नक्षत्र योगकरण तो इसी के आधार पर पंचांग तैयार किया गया है तो देखिए दर्शकों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 सप्तमी तिथि को आंवला हो गया और ताड़ का जो फल होता है इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए सूर्योदय की बात करें सूर्यास्त की बात करें तो सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर चार मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर छियालीस मिनट तक की नक्षत्र जो रहेगा दर्शकों ये जेष्ठा नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत तो मूल नक्षत्र आ जाएगा करण रहेगा तैतिल इसके बाद गर्भ और अंतिम करण जो रहेगा ये वरिष्ठकरण रहेगा योग रहेगा सौभाग्य इसके उपरांत शोभन योग रहेगा आपको बार हमने बता ही दिया कि शुक्रवार का दिन रहेगा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 मिश्री का और दही का सेवन करके आप यात्रा करिए और पहले आप पूरब की ओर ओर चार चलिए उसके बाद पश्चिम की यात्रा तो दर्शकों ये तो था पंचांग। आगे बढ़े लेकिन आप लोगों को बताना चाहेंगे अठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली क्षेत्र से है तो आप लोग हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि का और प्लस उसमें हमने दीपावली का उपाय भी बताया है तो आप लोग जा करके वो वीडियो आप लोग जरूर देखें हम तो कहते हैं कि अक्टूबर माह का राशिफल सभी राशियों को जरूर जा करके देखना चाहिए क्योंकि उस वीडियो में जो धन प्राप्ति का प्रयोग है वो बिल्कुल अलग है बिलख्ठा है आप लोग उसको देख सकते हैं तो चलिए दर्शकों राशिफल पर हम आगे बढ़ते हैं हमारी राशिफल में पहली राशि आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातको आज आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होगी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 My beloved is like a song.